अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सरकारी अस्पताल में आप क्यों नहीं जा पाए क्या सरकारी अस्पताल में इसलिए नहीं जा पाया एक तो कोरोना की जांच उसमें तीन चार दिन लग जाते हैं हर एक काफी भीड़ रहती है दवाई से नहीं देते किस डॉक्टर को दिखाया था डॉक्टर अब्बास को दिखा था तो क्या कॉलोनी के तो क्या उनके पास कोई डिग्री है क्या कॉलोनी से है वो नहीं जी डिग्री तो वैसे ही है फर्जी डॉक्टर है जी तो आप जो निजी डॉक्टर होते हैं जैसे एमबीबीएस बी है उनके पास क्यों नहीं जा पाए पैसा नहीं था जी अच्छा पैसे की वजह से नहीं जाया मेरा नाम हाकम है जी ये रिक्शा चलाता हूँ परिवार में दो बच्चे हैं मेरे पास और कोई है नहीं जैसे अभी लॉकडाउन लगा है तो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो उस चीज को खाने का पीने का बच्चों के साथ बच्चों का हिसाब ऐसा है जी सुबह शाम को जाता हूँ खाना ले आता हूँ मैं घरों में जा कर कह देता हूँ ऐसे ऐसे दो बच्चे मेरे साथ में मुझे खाना चाहिए अब वो तीन आदमी का खाना दे देते देती हूँ जो बासी रोटी बच जाती है वो हम चाय से सुबह को खा लेते हैं काली चाय बना ये बताइए आपको ये जो बीमारी बता रहे थे हाँ। क्या क्या बीमारी हुई थी आपको पहले दर्द बना दर्द बना पीड़ू में पेड़ों में दर्द बनने के बाद नीचे की भी बोली होती है मर्द बच्चे की वो एक बोली मोटी हो गई प्राइवेट डॉक्टरों से इनसे दवाई ली और वो उन दवाइयों ने दर्द तो बस बत, ख़त्म कर दिया लेकिन सूजन और गांठ बराबर बन रही है बिगल लंगोट बांधे रहा नहीं जाता कुछ काम कर नहीं सकता। आपने लोकल डॉक्टर अच्छा तो तो कितने दिन तक आपने उससे इलाज, कराया? कराया इलाज तो बीमारी बराबर है चलने में दिक्कत है तो आप जो निजी डॉक्टर होते है जैसे एमबीबीएस उनके पास क्यों नहीं जाए जा तो ऐसा नहीं था जी पैसे की वजह से नहीं गया तो सरकारी हॉस्पिटल है इधर तो आप नहीं नहीं उधर उधर नहीं, कि, नहीं नहीं नहीं गए? मैं मैं गया डर डर? डर डर के के मारे किस चीज़ का का का कोरोना कोरोना था कर मार इसलिए जैसे ये मजदूरी काम करते हैं तो आपको क्या हुआ था अभी अब तबीयत ख़राब हो गई थी क्या क्या बीमारी हुई थी आपको मेरे प्लेट गिर गई थी और टाइफाइड बुखार हो गया था तो कितने दिन पहले हुआ था आपको ये ये कम से कम एक महीने पहले हुआ था अभी जैसे आप यहाँ पे अपने घर पे थे तो आपने किस डॉक्टर को दिखाया था डॉक्टर अब्बासी से दिखाया था जी तो क्या कॉलोनी के तो क्या उनके पास कोई डिग्री है क्या कॉलोनी से है वो नहीं जी डिग्री तो वैसे ही है फर्जी डॉक्टर है जी तो आप फिर इनके पास क्यों गए हैं जी इनके पास क्यों गए थे आप इतने पैसे नहीं थे अगर एम के पास जाता डॉक्टर के पास तो आप ये हज़ार पंद्रह सौ रुपये दो करीब लेते आपने इतने दिन तक दवाई खाई है और रिपोर्टे कराया तो लगभग आपका उसमें कितना खर्चा हो गया होगा मेरा खर्चा कम से कम बीस बाईस हजार रूपए का खर्चा है।, खर्चा है। तो सरकारी अस्पताल में आप क्यों नहीं जा पाई सरकारी क्या सरकारी अस्पताल में इसलिए नहीं जा पाया एक तो जो कोरोना की जाँच तो उसमें तीन चार दिन लग जाते है हर एक काफी भीड़ रहती है दवाई सही नहीं देते तो एक तरीके से आपका सरकारी अस्पताल से भरोसा ही उठा हुआ है हाँ जी भरोसा नहीं है